today we are going to discuss about the solar energy solar energy is one of the, one of the very important renewable energies that is continuous energy which we receive from the sun so usually uh, from the sun we receive solar energy uh, in the various forms uh, like ultraviolet radiation then visible light you can see from uh, the spectrum This is the ultraviolet radiation. The energy of ultraviolet radiation is high, because its wavelength is less. Then, uh, when we proceed and increase the wavelength, we uh, uh, we have our visible light that we also call photosynthetically active radiation. Basically, the radiations which are very important for the photosynthesis in this range, from 0.4 to 0.7 micrometer wavelength. और uh, 400 हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नाइनोमीटर्स वेव लेंथ सो लेटर स्पेक्ट्रम वीव नियर इंफ्रा रेड रेडियशंस एंड फॉर इंफ्रा रेडिएशंस, दैट वेवलेंथ लेंथ इज़ फ्रॉम 0.7 माइक्रोमीटर्स टू 1.5 माइक्रोमीटर्स तो ये जो तीन जो स्पेक्ट्रम्स में बताया अल्ट्रा रेडिएशन विजिबल लाइट एंड इंफ्रा बेसिकली So these three types of radiations electromagnetic radiations uh, share the major portion of the spectrum which we receive from the sun to uske ilawa aur bhi radiations aati hai jaise microwave uski <coughs> jo wavelength hoti hai bahut hi zyada hoti hai meters mein so hoti hai to us wahan hame jana nahi hai but most of the part uh, if we are going to harness the solar energy we will be discussing Visible light तो so, यहाँ पे भी टेक्स्ट में मैंने मैंशन किया है जो हमें इसको कहते हैं सोलर स्पेक्ट्रम सोलर रेडियशन का स्पेक्ट्रम किस किस रेंज में हमें जो है एनर्जी मिलती है तो so, यहाँ पे तकरीबन जो इंफ्रा रेड रेडिएशन है ये दो मिला के इट्स अराउंडी फोर्टी सेवन टू फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द रेडिएशन सन से आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा रेड रेडिएशन तो इंफ्रा रेडिएशन वो रेडिएशन होती है दे आर हीट रेडिएशंस बेसिकली जो हम महसूस करते हैं जब हम धूप में बैठते बैठते हैं तो हम जो महसूस करते हैं गर्मी दैट इज बिकॉज ऑफ द इंफ्रा रेडिएशंस तो जो लाइट हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट जिसको हम फोटो एक्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं तो उसका जो शेयर होता है तकरीबन फोर्टी फोर टू टू परसेंट होता है ऑफ तो जो सोलर स्पेक्ट्रम है and जो अदर अल्ट्रा वॉयट रेडिएशन है दैट इज़ सेवन टू एट परसेंट जो बेसिकली हायर एलिवेशन पे अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है बिकॉज वहाँ पर पोल्यूशन लेवल कम होती है तो उसकी स्कीटरिंग कम होती है जैसे आप लद्दाख में जाओगे लेह में जाओगे दैट यू हैव टू वीयर सन ग्लासेस और गॉगल्स बहुत ही कंपलसरी अदरवाइज यूर आइज कुड भी डैमेज बिकॉज ऑफ़ द अल्ट्रा वायल्ट तो अल्ट्रा रेडिएशन अगर विजुअली ज्यादा भी हो जाती है देन इट इनिशिएट्स स्किन कैंसर, आई डैमेज, हेयर <coughs> ग्रेइंग होता है, कलर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द अल्ट्रा रेडिएशन बट अल्ट्रा रेडिएशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ बिकॉज इट इनिशियोडक्शन ऑफ विटामिन डी जो हमारी स्किन पे अल्ट्रावाइल रेडिएशन गिरती है तो उसकी वजह से विटामिन डी बनता है तो अल्ट्रावाट रेडिएशन बी इज बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन द स्किन तो uh, अल्ट्रावाट रेडिएशन सी जो है दैट इज कैप्चर्ड बाय द ओजोन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ जो स्टेटोसफियर में है हमने डिस्कस किया है हारनेस करते हैं बाई वेरियस मेथर्ड दोर्शन एंड इनफ्रेड पोर्शन ये जो दो पोर्शन है तो so ये दो पोर्शन ऑन एन एवरेज एटी एट परसेंट ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम इसमें होता है सोलर स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें 88% एट परसेंट ऑफ द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट एंड इन्फ्रारेट रेडिएशन सो सोलर एनर्जी को हम थर्मल uh, फॉर्म uh, में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसके अलग अलग अपार्टिस uh, है कैसे इसको इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट तो इट इज कॉल ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ रिनेबल एनर्जी तो जो सन से एनर्जी आती है हमें कुछ नहीं करना है कि सोलर पैनल्स जो यहां पे है ये से खड़े करने होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द बैटरीज एंड देन बैटरीज चार्ज हो जाती है यूज inverter, करते हैं तो आजकल जितने भी इन्वर्टर्स घर में होता है दे आर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि आप उससे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बाहर से वो उससे भी आप जो है बैटरी को चार्ज कर सकते हैं दैन यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर सोलर पैनल्स उसके साथ तो उससे जो है बैटरीज फ्रॉम सोलर पैनल से भी चार्ज हो सकती हैं एंड जो हमें अर्बन लोकल जो भी हमारे जो पावर सप्लाई जैसे पी डी डी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे भी चार्ज कर सकते हो तो मीन्स द इन्वर्टर्स कम इन इंटीग्रेटेड फॉर्म तो हमें सेपरेट काइंडर्स kind of नहीं लगाने पड़ेंगे फॉर चार्जिंग द बैटरीज सो जो मैं कह रहा था सोलर एनर्जी ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है हालांकि जो सोलर पैनल जब हम बनाते हैं उस टाइम इंडस्ट्रियल लेवल uh, पे शायद कुछ पोलूटेंट्स क्रिएट होते होंगे कुछ वेस्ट जनरेशन होती होगी बट एज़ कंपेयर टू अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी इट इज़ वन ऑफ द क्लीनिएस्ट इट इज़ इट हैज़ नो काइंड ऑफ ज़ीरो एयर पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन बट इसमें एक ही ड्रॉबैक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे इट नीड्स लॉड ऑफ एरिया जो सोलर पैनल जब जहाँ हमें लगानी होती है That area should be very large, तो so, जहाँ पर वो capture होगी तो so, इसमें बहुत सारी जो technologies है generation of electricity, फिर uh, kind of interiors में भी हम लगाते हैं जैसे कॉलेज लेवल पर भी अब पोल्स वगैरह जो है स्टैंडिंग पोस्ट जो होते हैं जो uh, लाइट Light, लाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं उसमें भी इंटीग्रेटेड एक सोलर पैनल होता है छोटा सा दिन में वो बैटरी चार्ज करता है दैन तो ये इंटीरियर एनवायरमेंट में भी हम लगा सकते हैं और क्रिएटिंग इकोलॉजिकली सेंसिट इकोलॉजिकली फ्रेंडली और इको फ्रेंडली काइंड ऑफ एन्वायरमेंट वहां पे लगा सकते हैं तो उसके अलावा हीटिंग ऑफ वाटर इन डोमेस्टिक लेवल कमर्शल लेवल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी जो हम uh, जो है हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी तो नॉर्मली जो सोलर टेक्नोलॉजीज होती है जो आपने भी देखा है या मैंने भी देखा होगा जो सोलर एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड बाय द सोलर पैनल जो हमारे रूफटॉप्स पे लगे होते हैं दैट इज़ कन्वर्टेड इन द इनटू द इलेक्ट्रिसिटी जो मैं भी कह रहा था दैन दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन बैटरीज तो बैटरी से फिर वो बाहर आती है एंड वी यूज इट एज एन इलेक्ट्रिस और जो हम हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी uh, जो कम लेते हैं जैसे डायोड ये लगाते हैं हम एलईडीज़ वगैरह लगाते हैं जो इलेक्ट्रिस बहुत कम लेते हैं तो वो सब हम अपराटिस इस पे लगा सकते हैं तो नॉर्मली जो तीन वेज uh, में हम जो है सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं फर्स्ट वन इज फोटू जो बेसिकली सोलर पैनल में यूज होते हैं दैन सोलर हीटिंग एंड कूलिंग बेसिकली जो बिल्डिंग्स में प्रार्टस लगाते हैं जिससे काइंड ऑफ सोलर ए सीज जिसको हम बोलेंगे विंटर्स uh, में वो हीट करता है बिल्डिंग्स को एंड समर्स में वो कूल cool रखता है आई हैव सीन सच काइंड ऑफ बिल्डिंग्स बेसिकली इन गुरगाव गुरुगाम जिसको नाम रखा गुरुग्राम तो वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स uh, उन्होंने बनाई है उस टाइप की जो बेसिकली सोलर पावर्ड हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम पे चलती है देन अनदर फॉर्म जिससे हम जिसको हम कंसनट्रेटिंग सोलर पावर कहते हैं and we will be discussing वो क्या होता है तो नॉर्मली इन तीन चीजों से हम जो है सोलर <coughs> एनर्जी को हारनेस कर करते हैं तो normally जो आपके बुक्स में है तो यही कुछ चीज़ें है जिस जिसका जो हम फायदा ले सकते हैं सोलर एनर्जी जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं तो फोटो क्या होते हैं जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था जो फोटॉन्स होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम जो लाइट का होता है 0.4 फोर टू पॉइंट माइक्रोमीटर जो वेवलेंथ है उसमें जो एनर्जी होती है जब वो सोलर पैनल पे गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इनिशिएट होते हैं तो वो करंट बनाता है तो फिर हम आपका छोटे से छोटे मतलब आपने भी देखा होगा आपके पास भी एक छोटा सा सोलर पैनल होता है जैसे कैलकुलेटर्स यूज करते हैं उसमें भी एक छोटा सा पैनल लगा होता है तो उसमें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है तो आप उसको लाइट में रखोगे तो वो आप यूज कर सकते हैं डार्क में भी उसमें बैटरीज वगैरह शायद चार्ज होती है बैटरी ऑपरेटिड भी होता है बट लाइट में वो जो है सोलर तो लाइट यूज करता है डिफ्यूज लाइट होती है कमरे में जरूरी नहीं है कि हम धूप में जाना है तो छोटी छोटी छोटी सी छोटी चीज़ जैसे कैलकुलेटर से बड़ी चीज़ जो हमारे कमर्शियल बिज़नेसेस तक भी हम जो है सोलर फोटोवोल्टेक्स का यूज़ करते हैं तो आपके कैलकुलेटर में जो छोटी सी चिप जैसी लगी होती है हो ऊपर वो भी एक सोलर पैनल जैसा ही है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जिससे आपका कैलकुलेटर चलता है तो उसके अलावा सोलर हीटिंग एंड कूलिंग या कंसनट्रेट इसमें क्या होता है बेसिकली सोलर एनर्जी को कंसनट्रेट किया जाता है बाई वेरियस मिररर काइंड ऑफ थिंग्स एंड देन वहाँ से पानी को जो है उबाला जाता है जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में होता है वहाँ से स्टीम जनरेशन होती है एंड देन टर्बाइन जो है चलता है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है कूलिंग एंड हीटिंग से जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से बिकॉज ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग उससे जो एयर फ्लो होता है ब्लावर्स चलते हैं वहाँ से हम किसी भी घर में या कमरे में हीटिंग एंड कूलिंग का देख सकते हैं कर सकते हैं तो सोलर फोटोवोल्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली इस ये जो यहाँ पे पैनल लगे होते हैं इसको सोलर फोटोवोल्ट बोलते हैं इसमें बेसिकली जो जेट्स ये अपना नाम जो इसका आया है फ्राम द फोटान फोटोन होता है लाइट का एक यूनिट uh, होता है जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो दोनों को मिला के इसको फोटो इफेक्ट बोलते हैं बेसिकली ये जो फिनमिनल 1954 में साइंटिस्ट ने कुछ बेल लेबॉर्ट्री में जनरेट किया ये जो आइडेंटिफाई किया था तो उससे जो सिलिकॉन, जो चिप्स वगैरह होती है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम वहाँ पर उनका जो होता है एक थ्रश होता है जब उतना वहाँ पर पोटेंशल आ जाएगा फोटानस का तो वो एक्साइट होता है तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो नॉर्मली जो फोटोवोल्टेक होता है तो इस टाइप का होता है फोटोवोल्टेक एरे जो सेल्स इसमें होती है तो जब सन की एनर्जी गिरती है यहाँ पे तो फिर ये करंट होती है इन द फॉर्म ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट तो फिर इन्वर्टर से ये आल्टरनेटिव करंट में जो है चेंज होती है तो यू यूजली जो अल्टरनेटिव करंट है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यूज़ होती है फॉर जनरल अप्लाइंस हम घर में यूज़ करते हैं डीसी करंट सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में शायद यूज़ होती है और जो हम भी कोई भी सेल वगैरह लगाते हैं क्लॉक में वो जो करंट प्रोड्यूस करता है उसको डायरेक्ट करंट बोलता है तो वो बहुत ही उसमें वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है एंड uh, <coughs> तो ये करंट को फिर इन्वर्टर से कन्वर्ट करते हैं इन एसी तो यहाँ पे बैटरीज भी लगी होती है बेसिकली बैटरी में ये जो है सेव हो जाती है एनर्जी इन्वर्टर फिर इन्वर्टर से अल्टरनेटिव करंट में यूज़ करते हैं देन वी यूज़ फॉर टू हाई एफिशिएंसी अप्लायंसेस वगैरह में यूज़ करते हैं तो कौन से अप्लायंसेस जैसे डीसी से फिर ये जो इन्वर्टर uh, होता है या तो ग्रिड में हम ये कैसे ग्रिड में भेजेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड कंसेप्ट होता है या हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं जो इन्वर्टर पे चलते चाहे वो टी हो चाहे मोबाइल फोन को चार्ज करना हो चाहे हमारे एल हो वाशिंग मशीन भी चल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी तो कुछ हम अपने जो बैटरीज वगैरह को भी चार्ज करते हैं तो फोटो का यहाँ पे यूज़ है कि आ, हम जितने भी अप्लायसेज है जो पावर पे चलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं बाय द सोलर फोटो वोल्टे यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेसिकली सेव होती है इन द बैटरीज एंड देन वी कैन यूज़ दैट एनर्जी इन होम अप्लायसिस या कोई भी ऐसा जो पोस्ट स्टैंडिंग पोस्ट होता है जैसे लाइटनिंग वगैरह के लिए वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो देन uh, uh, उसके अलावा सोलर कूलिंग एंड हीटिंग क्या होता है बेसिकली सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर हीटिंग द वॉटर या किसी भी जगह को कूल cool रखना या हीट अप करना चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो तो इसमें भी क्या होता है बेसिकली एक बॉक्स जैसा होता है डेट इज बेसिकली ब्लैक कलर्ड उसमें छोटी छोटी पाइप्स होती है जहां से ठंडा पानी अंदर जाता है तो ब्लैक कलर से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ब्लैक कलर जो होता है एबजॉर्ब करता है एनर्जी तो उसमें जो सोलर एनर्जी को कंसनट्रेट किया जाता है बाय काइंड ऑफ मटेरियल तो उससे जो होता है टम्परेचर जो वाटर का है इंक्रीज हो जाता है अपटू 60 और 65 डिग्री सेल्सियस तो ये हॉट वाटर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर uh, जो है अपने डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस मतलब नहाने कपड़े धोने वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं और वी कैन यूज देट हॉट वाटर फॉर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जब हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे लगे होते हैं छोटे से वो बेड में फैंस जैसे वहाँ से हीट निकलती है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं तो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे वो कैसे यूज़ कर सकते हैं तो इसमें जैसे सनलाइट हिट्स डार्क मटेरियल इनसाइड कलेक्ट डार्क मटेरियल में कलेक्ट होता है तो ये हीटअप हो जाता है तो इसमें जो फ्लूड होता है सर्कुलेशन में वाटर बेसिकली जो होता है ये हीटअप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ये जो मटीरियल होता है ये जो हीटअप हो जाता है तो यही फिर रन करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स में तो वो हीटअप uh, करने के लिए तो अगर uh, कोई भी uh, हमारे घर में कैसे सेंट्रल कूलिंग एंड हीटिंग करनी होगी बिकॉज ऑफ द सन तो यहाँ पे सन की एनर्जी जब गिरती है सोलर कलेक्टर्स पे सोलर कलेक्टर बेसिकली यही होता है ये वाला पोर्शन तो इस पे जब एनर्जी गिरती है नीचे से ठंडा पानी आता है ऊपर से गर्म पानी निकलता है देन दिस वाटर इज़ स्टोर इन दिस टैंक तो यहाँ से जो पानी निकलता है पंप के ज़रिए तो छोटी छोटी पाइप से उसको निकाला जाता है तो वहाँ से एक ब्लोवर्स से हवा फेंकी जाती है तो उस ब्लोवर से जो हवा निकलती है वो जो इन पाइप से टकराती है और गर्म हो जाती है तो पूरे रूम को फिर ठंडा गर, ये गर्म कर देती है वो गर्म हवा तो उसके अलावा ये पानी हम अदर जो हमारे डेली यूज़ होंगी चाहे वो इन घर होगी या कमर्शियल कमर्शियल मीनस होटल्स वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं या इंडस्ट्रियल एक हरियाणा में एक बड़ा प्लांट है फॉर डिस्टिलरी काइंड ऑफ प्लांट उसमें भी वो यूज़ कर रहे हैं दिस डेली जनरेशन अराउंड टेन थाउजेंड लीटर्स ऑफ हॉट वाटर बाय द सोलर वाटर हीटर्स तो उसके अलावा प्रेशर डिफ्रेंस से जो है जो है कोलिंग भी कर सकते हैं वो बेसिकली जो ठंडा पानी ये जो ठंडा एयर होता है वो सेटल डाउन हो जाता है और गर्म बाहर निकलता है वो बेसिकली जो किसी भी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट होता है और उसको इंटीग्रेट किया जाता है बेसिकली ये जो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है तब जाके वो पूरा फंक्शन करता है तो ये जो पोर्शन है ये विद इन बिल्डिंग में होगा जब तक ये नहीं होगा तो ये बुरा काम नहीं करेगा तब तक इसका एक ही काम है पानी को गर्म करना तो इससे भी हम आगे जाके किसी भी रूम को गर्म कर सकते हैं या ठंडा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस जो पानी का होता है तो उसके अलावा थर्ड जो इसकी अः मेन एप्लीकेशन है दैट इज कंसनट्रेटिंग सोलर पावर बेसिकली क्या होता है जैसे आप ये देख सकते हैं जो स्केच में एक बड़ा टॉवर होता है जिसमें एक टैंक होती है फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे I was saying, uh, जो थर्ड वाला जो एप्लीकेशन है कैसे हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टू द एनर्जी बेसिकली तो ये एक कंसेप्ट uh, है ऑन लार्ज स्केल कैसे हम एक थर्मल पावर प्लांट में जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं फॉर हीटिंग अप द वॉटर फॉर जनरेटिंग द स्टीम उसको कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय द सोलर एनर्जी जो भी हम सोलर उनके लोकल नीड्स होते हैं उसमें बट अगर हम एक ग्रिड की तरह सोचे जैसे हाइड्रो पॉवर प्लांट है या थर्मा पॉवर प्लांट है उसको कैसे हम सोलर uh, एनर्जी को वहां पर यूज कर सकते हैं सो so, यहाँ पे हम क्या करते हैं जो भी मिरर्स से है जो हम बचपन में जो टक्कर लगाते थे ना मिरर से तो वहाँ से वो जो सोलर एनर्जी को हम फोकस करते हैं एक जगह जहाँ पे पूरा जो है वाटर जो होता है बॉयल हो जाता है बिकॉज एक जगह जो हम कंसनट्रेट करेंगे जैसे मैग्नीफाइंग गिलास होता है तो मैग्नीफाइंग गिलास से पूरा जो उसका सर्कल का जो जितनी है उस सर्कल पर एनर्जी कितनी एक पॉइंट पे एक डॉट पे कंसंट्रेट हो जाती है तो वो जो कागज़ है या गा है वो जल जाती है वैसे यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है जो भी सोलर एनर्जी इन सब पे गिरेगी जो यहाँ पे मिरर्स वगैरह लगाए आप देख सकते हैं तो इन मिररर्स पे जितनी एनर्जी गिरेगी वो एक जगह कंसनट्रेट हो जाती है इस टॉवर पे इस टॉवर में पानी होता है जो उबलता है इस एनर्जी से तो वहाँ से जो स्टीम जनरेट होती है उस स्टीम को एक प्रेशर से फिर टर्बाइन पे छोड़ा जाता है जो टर्बाइन रन होता है तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो बेसिकली हर किसी जो है किसी भी पावर प्लांट जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो या थर्मल पावर प्लांट हो उसका प्रिंसिपल है यही कि जब टर्बाइन रन होता है अब ये टर्बाइन कैसे रन करना है हमें ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जैसे हाइड्रो पावर में सोर्स ऑफ एनर्जी वाटर होता है ऊपर से पूरा जो पानी गिरता है नीचे टर्बाइन तो पर तो वहाँ से जो टरबाइन चलता है तो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वैसे ही कोल में हम क्या करते हैं पानी को उबालते हैं वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होती है स्टीम से हम करते हैं बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कंसनट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट्स में क्या करते हैं एक टैंक होती है जिसपे हम कंसनट्रेट करते हैं पूरी सोलर एनर्जी जो वहाँ से पानी बॉयल हो जाता है तो वहाँ से स्टीम जो प्रोड्यूस होती है That steam जो है हम उसे turbine run करते हैं तो फिर वहाँ से जो steam या पानी फिर condense हो जाती है उसको हम reheat के लिए फिर से यहाँ पे बेचते हैं by pumps वगैरह जो भी है उसको use करते हैं तो ये अभी evolving concept है यहाँ पे उतना इस पर काम नहीं हुआ बट जितनी भी लोकेशन से इस पे काम हो रहा है एक इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ जो है पावर प्लांट बनाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी थर्मल पावर प्लांट हो तो वहाँ पे खाली कोल से पानी को गर्म नहीं किया जाएगा वहाँ पे सोलर से भी किया जाएगा वहाँ पे न्यूक्लियर जो एनर्जी है वहाँ से भी उससे भी किया जाएगा उसके अलावा वहाँ पर विंड मिल्स भी लगी होंगी वहाँ पे एक हम आगे जब पूरी जो जो एनर्जी वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि इंटीग्रेटेड रेनेबल एंड नॉन रेनेबल सोर्स था एक कैसे हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं एक सस्टेनेबल मैनर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो इसमें एक ही ड्रॉबैक है इसमें बहुत सारा स्पेस चाहिए बिकॉज जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतनी ज्यादा एनर्जी जो हम कंसनट्रेट कर सकते हैं उतना हम ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं तो अब इससे पहले मैंने आपको एक ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड कंसेप्ट बोला था ऑन ऑफ ग्रीड यूजली जो हम घर में सोलर पैनल लगाते हैं फिर वो एनर्जी सेव हो जाती है बैटरीज फिर ए वगैरह कन्वर्टर्स लगाते हैं हम जैसे इन्वर्टर्स लगाते हैं उसको हम घर में यूज़ करते हैं फॉर एलेक्ट्रिसिटी जो हम नॉर्मली घर में हम जो ये पैनल लगाते हैं बट इन डेवलपिंग कंट्रीज देर इज़ ऑन ग्रेड कंसेप्ट अगर आप सोलर पैनल घर में लगाते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फॉर एग्जाम्पल आप उतनी एनर्जी फॉर एग्जाम्पल अपनी जो नीड है उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो एक्सेस एनर्जी है वो आपको ग्रिड को भेजते हैं जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी आती है आप उसको वापस भेजते हैं तो उससे क्या होता है जितनी जितनी आप एनर्जी ग्रिड को वापस भेजेंगे वो आपकी जो बिल्स हैं जो डिडक्ट हो जाएगी कम हो जाएगी तो आपकी बिल कम आ जाएगी यही ऑन ग्रिड कंसेप्ट है अगर आपको ज्यादा एनर्जी जरूरत है तो आप ग्रिड से लेंगे अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बाय सोलर एनर्जी तो आप ग्रिड को वापस करते हैं तो इसमें बेसिकली जो लाइंस uh, वगैरह जो है पावर लाइंस उसी टाइप की होगी तो ये भी जो है फ्यूचर है इंडियन सीनेरियो में बहुत ही uh, इसका ज़्यादा स्कोप है बिकॉज यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ऑन ग्रिड कंसेप्ट जो एक इंडिविजुअल बेसिकली यहाँ पे क्या होता था यहाँ पे हम एक ही जगह जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड देन वो जो है डिसेंट्रलाइज़ करते हैं मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट uh, करते हैं बट यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हम डिफरेंट जगह से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मतलब हर किसी घर में सोलर पैनल लगाया तो बहुत ही एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी फिर वो को भी बेचते थोड़ी बहुत अगर उनकी अपनी नीड्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है फॉर एग्जाम्पल तो इसको ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड कंसेप्ट बोलते हैं तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो सोलर एनर्जी की है, सोलर कुकर। तो बेसिकली सोलर कुकर एक डिवाइस होता है जिससे हम जो है खाना वगैरह बना सकते हैं उसको उबाल सकते हैं उसको कुक कर सकते हैं तो एक टिपिकल काइंड ऑफ सोलर कुकर इस टाइप का होता है एक संदूक जैसा होता है स्कैर शेप तो बेसिकली अंदर से पूरा ब्लैक कलर का होता है ऊपर एक मिरर होता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ जो गिलास होता है मिरर नहीं होता है गिलास होता है तो यहाँ पे मिररर होता है रिफ्लेक्टर uh, जिसको बोलते हैं जिसपे सोलर एनर्जी गिरेगी वो यहाँ कंसनट्रेट हो, हो जाएगी तो फिर इसको एडजस्ट उसी के हिसाब से किया जाता है जैसे कहाँ से एनर्जी आ रही है कहाँ से सोलर एनर्जी आ रही है तो उसको वैसे ही एडजस्ट किया जाता है ताकि ये जो यहाँ पे एनर्जी गिरी वो यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट करें तो अंदर कोई बर्तन रखा जाता है जो भी वो भी ब्लैक कलर का होता है मेटेलिक उसमें हम पानी वगैरह रखते हैं चावल रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद वहाँ उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो उससे जो होता है वो पक जाता है तो हमने भी एक प्रैक्टिकल किया था अपने टाइम पर तो हमने चाय नहीं उबाले थे उस टाइम तो तकरीबन दो घंटे लगे थे उसमें इसमें टाइम लगता है बिकॉज ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी सोलर इंटेंसिटी कितनी है देन तो जो विंटर है कि समर है सोलर इंसुलेशन पे भी डिपेंड करता है तो बाहर से जो है ये वुडन बॉडी होती है तो बेसिकली इसके जो है हाइट भी होती है तकरीबन एक मीटर के आस तो इससे हम कुक uh, कर सकते तो इसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है वहाँ उस जगह जहाँ पे सोलर इंसोलेशन ज़्यादा होती है जैसे लद्दाख में वहाँ पे एयर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है तो वहाँ पे ये इसकी एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है वहाँ पे कुक कर सकते हैं तो बहुत सारे जो है केस स्टडीज़ है आई थिंक आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड यू इन गूगल क्लास इसमें uh, बहुत सारी जगह जो सोलर कुकरस है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो इंडिविजुअल लेवल घर के लेवल पे भी हम कर सकते हैं बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम ठीक है उसके अलावा डिस्टिलेशन सोलर डिस्टिलेशन बेसिकली उन लोकेशंस पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें प्योर वाटर जो पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है तो इसमें क्या होता है जो सॉल्ट वाटर होता है समंदर का पानी उसको उसका टम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वहाँ से जो बाप उठती है वेपोराइज होती है वाटर वाटर वेपोराइज होता है उसको कंडेंस करते हैं और कंडेंसड वाटर को जो है हम स्टोर करते हैं इन फॉर फर्दर यूज़ तो यहाँ पे जैसे इम्प्योर वाटर है या साल्ट वाटर है नीचे हमें इंसुलेशन हमने रखी ताकि ये नीचे ना चला जाए तो और जो भी इसमें हीट आ जाएगी तो वो नीचे डिस्पेट नहीं होनी चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे इसका टम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए तो यहाँ पे एक साइड इसको हाइट ज़्यादा रखी है एक साइड कम रखी ताकि ये थोड़ा सा स्लाइडिंग में रहे ताकि जहाँ जब भी यहाँ पे वाटर वे पर बन जाए तो वो स्लाइड डाउन हो जाए नीचे यहाँ पर स्टोर हो जाए फिर पाइप के ज़रिए हम उसको कलेक्ट करते हैं कंटिन्यूस में तो सोलर एनर्जी जब गिरती है तो ये एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करता है तो ग्लास जो होता है इनसाइड uh, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है इन्फ्रा रेडिएशन को अलोव करता है बट बाहर नहीं छोड़ता है इसको बिकॉज उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो यही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो है मैकेज़म है तो उसकी वजह से तो यहाँ इस पोर्शन का टेम्परेचर इनक्रीज़ होता है तो ये पानी वेपराइज हो जाता है तो वेपराइज होकर जब इसके साथ स्ट्राइक करता है तो वो फिर जो है कंडेंस uh, हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड दैन उसको स्टोर इसी को सोलर डिस्टिलेशन कहते हैं तो इसका यूज़ बेसिकली उन लोकेशंस पे है जहाँ पे साल्ट वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है या फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी कम है यहाँ पे या जहाँ पे गंदा पानी है और फ्रेश वाटर अवेलेबलिटी बहुत कम है तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है दैन अनदर एप्लीकेशन जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि सोलर वाटर अक्सर आपने देखा होगा घरों के छत पर ये लगा होता है सोलर वाटर हीटर तो इसमें ये जो छोटी पाइप होती है ये बेसिकली ब्लैक कलर की होती है जब इस परर्जी गिरती है सोलर एनर्जी ये हीटअप हो जाता है तो वो पानी फिर जो है गर्म हो जाता है तो ये यहाँ पे ठंडे पानी की सप्लाई होती है तो यहाँ से गर्म पानी बाहर निकलता है तो एक एयर वेंट होता है फॉर प्रेशर जो भी हवा वगैरह होती है वहाँ से बाहर निकलती है तो इस सिंपल मेकनिज़म उतना भी वो नहीं है डिफ़िकल्ट समझना तो यहाँ से ठंडा पानी आ जाता है दैन ये इसमें पाइप्स में चला जाता है तो यहाँ पे गर्म होके, फिर यहाँ से बाहर निकलता है ये बेसिकली जगजैक्ट टाइप ऑफ पाइप होती है ताकि इनको ज़्यादा टाइम मिलेगा इनमें जो है ट्रैवल करने में वो उस दौरान ये हीटअप हो जाता है तो इसका टेम्परेचर तकरीबन 60, 65 फाइव डिग्रीज तक इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है हंड्रेन तो हम इसको फॉर बेथिंग वगैरह या वॉशिंग क्लोथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं अब जो इंडिया में क्या सिनेरियो है सोलर एनर्जी का तो आ, इंडिया में जो तकरीबन सोलर एनर्जी का जो है तकरीबन एक साल में आ, या एक दिन में एक साल में तकरीबन पाँच हज़ार ट्रिलियन किलोवाट वॉट अगर एनर्जी रिसीव होती है फ्रॉम सन जो इंडिया का जो सरफेस एरिया है तो ऑन एन एवरेज तकरीबन फोर टू सेवन किलो वाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे एक दिन में एक स्क्वायर मीटर में तकरीबा चार से सात किलो वाट आवर एनर्जी आ जाती है सन से ऑन द लैंड ऑफ इंडिया जो भी ये तो एवरेज है किसी जगह कम होगी डिपेंडिंग अपॉन सोलर इंसोलेशन क्लाउड कवर क्या है इम्प्योरिटी uh, हवा में कितनी है तो उस पर डिपेंड तो इसके अलावा नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है उन्होंने एसेस किया जो पोटेंशियल है तकरीबन 748 हंड्रेड जो है एनर्जी हम जो है हार्नेस कर सकते हैं फ्रॉम द सन तो उसमें थोड़ा सा वेस्टेज भी है कुछ कुछ पोर्शंस में तीन परसेंट वेस्टेज लेके कुछ जो सोलर पॉर मॉड्यूल्स है उसे एरिया कवर हो जाता है तो उसके अलावा नेशनल मिशन ऑन सोलर मिशन आ, जो है लॉन्च हुआ था 2010 में तो ये तकरीबन आठ मिशन है आठ मिशन में एक मिशन सोलर मिशन भी था तो इसमें जो है एक्टिवली पार्टिसपेशन करनी है डिफरेंट स्टेट्स को अपनी अपनी आ, जो है कैपेसिटी के हिसाब से सोलर प्रोग्राम्स इनिशियट करने हैं ताकि सस्टेनेबली जो भी है जो आपके कैंपस में सोलर पैनल्स लगे हैं जितने भी, uh, uh, uh, तो भी कैंपस है उनको ग्रीन कैंपस बनाना तो यहाँ पे एक फोटोवोल्टिक पावर पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा है जैसे आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये रेड कलर का तो यहाँ पे सोलर इंस्टेशन बहुत ही ज्यादा है बिकॉज ये इसकी जो हाइट है बहुत ऊपर है ये तिब्बतिन फ्लैचू है और ये लद्दाख वाला थोड़ा पोर्शन है तो रेड कलर का इसमें सोलर जो पावर यहाँ पे लेखा ना तो वॉट बहुत ही ज्यादा है तो रेस्ट ऑफ द इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें ऑन एवरेज है तो जैसे यहाँ पे फिर पाकिस्तान का कुछ पोर्शन हैल्फ कंट्रीज इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पे ये विराट चिली जो है कंट्रीज है इसमें ज्यादा पोटेंशियल इसकी इनकी एलिवेशन बहुत ज्यादा है तो अब आप ये कहोगे कि इक्वेटर के आसपास क्यों नहीं है आ, वहाँ पे तो बहुत ही नज़दीक होता है सन के बिकॉज ये जो पोर्शन है इसमें क्लाउड कवर ज्यादा होता है आ, इसमें रिंग्स अक्सर हो जाती है उसके अलावा ये वाला पोर्शन पोलर पोर्शन पोलर एरिया जो पोर्शन है तो यहाँ पे बहुत ही कम सोलर इंसुलेशन है तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी फार्मे वर्ल्ड एप इट इज वेरी लेस तो इसमें अब तिब्बत प्लेट्यू है एंड देन लद्दाख का पोर्शन है तो so, यहाँ पे राजस्थान का भी पोर्शन है बिकॉज राजस्थान में भी जो है सोलर इंस्टिशन अच्छी खासी होती है तो अब मिशन जो इंडिया का है 2122 में तकरीबन टोटल रेनेबल एनर्जीज़ में जो सोलर भी आता है तकरीबन 36.5 परसेंट जो एनर्जी आती है फ्रॉम दैट बट ये इंक्रीज होगी अब ट्वेंटी तो सेवन तो, 2027 में इंक्रीज़ होगी अपू तो पॉइंट तो 44.4 तो इसमें आ, जो है प्रोजेक्टेड फिगर है ये एग्जैक्ट नहीं हो सकती है आसपास हो सकती है उसके अलावा इस दौरान जो हमारे अदर फॉसिल फ्यूल्स है उनकी कंजप्शन डिक्रीज़ होगी और हाइड्रो पावर तो तकरीबन सेम ही होगा और जैसे न्यूक्लियर इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा एंड गैस भी तकरीबन डिक्रीज हो जाएगा अब हाइड्रो पावर जो है इसमें क्यों ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं आएगी डिक्रीज़ क्यों होगा तो हम तो बोल रहे कि हाइड्रो पावर जो है मोर जो है उसमें ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है बट हाइड्रो पावर इज़ वेरी कॉस्टली एक डैम को बनाने में जो है कितनी इकोनॉमी कितना पैसा लगता है डेट इज़ वेरी हाई उसके अलावा उसके कुछ एनवायरमेंटल जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी है बिकॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसमें रियाज़ में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके अलावा इसमें जो रिवर कोर्सेस वगैरह वो चेंज हो जाते हैं तो जितनी भी कंपनीज़ है जो इन्वेस्ट करती हैं इन एनर्जी सेक्टर दे आर वेरी रिलेक्टेंट टू इन्वेस्ट इन हाइड्रो पावर तो वो ज़्यादा कोल जनरेटेड पावर या हाइड्रो पावर या सोलर एनर्जी वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया का भी कुछ टारगेट है तकरीबन हंड्रेड मेगावाट्स बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिफरेंट स्कीम्स वगैरह जो है इनिशेट की गई जैसे सोलर पावर स्पार्क स्कीम और भी बहुत सारी स्कीम्स है सेंट्रल बैंक सेंट्रल कैनल टॉप स्कीम सो ये बेसिकली जितनी भी कैनाल्स होंगी ना उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाते हैं ताकि एक तो वाटर भी ज़ाया नहीं होगा उसकी चोरी कम हो जाएगी वो ऑपरेशन भी कम हो जाएगा एंड सोलर एनर्जी भी क्रिएट होगी फिर सोलर रूफटॉप इसमें सब्सिडी पे देते हैं वो सोलर रूफ जिससे आप एनर्जी जो है क्रिएट कर सकते हैं तो रिसेंटली इंडिया अचीव फिफ्थ ग्लोबल पोजिशन इन सोलर पावर डिप्लॉयमेंट Uh, तो इटली को सरपास किया है तो मीन्स इंडिया इज वेरी फोकस्ड इन सोलर पावर एनर्जी इंस्टॉलेशन तो इंक्रीज हुई है तकरीबन 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ है जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है फ्रॉम लास्ट फाइव इयर्स।